नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का खास करके जो हमारे कर्क राशि के जातक वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं मार्च माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों मार्च का ये महीना कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या नई सौगात लेकर के आया है कर्क राशि के जो भी जातक मार्च माह में अपने गोल सेट कर रखे हैं चाहे वो धन से रिलेटेड हों अर्थ से रिलेटेड हों शिक्षा से रिलेटेड हों व्यापार से रिलेटेड हो नौकरी से रिलेटेड हो प्रेम संबंध से रिलेटेड हों क्या वो उनको अचीव कर पाएंगे इन सभी विषयों पर आज प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से हैं इसके बारे में बताएंगे प्रोग्राम के अंत में इस माह को प्रभावी व शुभ बनाने के लिए हम उपाय बताएंगे और इसके बाद आपके लिए शुभ दिवस और प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं इन विषयों पर चर्चा के साथ प्रोग्राम का समापन करेंगे दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आइए पहले इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कर्क राशि के जातकों मार्च माह में छह शुक। तारीख शुक्रवार दिन रहेगा और एकादशी व नरसिंह द्वादशी जो है रहेगी एकादशी का व्रत भी इसी दिन रहेगा वही नौ तारीख सोमवार दिन रहेगा और इस दिन होलिका दहन रहेगा छोटी होली भी हम लोग कहते हैं फाल्गुन मास की विशेषता ये पूर्णिमा तिथि रहती है दस तारीख दस मार्च मंगलवार दिन रहेगा और होली रहेगा और चैत मास का प्रारंभ भी हो जाएगा एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों होली से संबंधित वीडियो होलिका दहन में क्या करके राशि के जातक शुभ उपाय करें क्या चीजें होलिका दहन में आहुति दें उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जा करके देख सकते हैं आप लोग होली के लिए शुभ कलर आपके लिए कौन सा रहेगा जिस कलर से आप होली खेलें या वो परिधान कौन सा रहेगा वो सभी चीजें हमने उसमें बताई हुई है वही दर्शकों ग्यारह तारीख बुधवार दिन रहेगा और भ्रात द्वितीय रहेगी चौदह तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति रहेगी जी हां दर्शकों संक्रांति का मतलब समझिए सूर्य देव अभी जो संचरण कर रहे हैं ये कुंभ राशि में कर रहे हैं चौदह तारीख को जैसे ही कुंभ राशि से बाहर निकल के मीन राशि में आएंगे वैसे ही मीन संक्रांति हो जाएगी अभी कुंभ संक्रांति चल रही है इसके साथ साथ दर्शकों सोलह तारीख मंडे सोमवार दिन रहेगा और शीतला अष्टमी का व्रत रहेगा कालाष्टमी भी जो है कही जाती है नौ उन्नीस तारीख बृहस्पतिवार दिन बहुत बड़ा दिन रहेगा बृहस्पतिवार दिन हो और पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत हो ये संयोग बड़ा बिरला ही मिलता है वहीं 25 तारीख बुधवार दिन रहेगा और गुड़ी पर पर्वा रहेगा साथ ही साथ 27 तारीख शुक्रवार दिन रहेगा शुक्रवार जो दिन रहेगा ये गौरी पूजा और मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है अट्ठाईस तारीख शनिवार दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा वही तीस तारीख सोमवार दिन रहेगा और स्कंदष्टी और रोहड़ी व्रत भी रहता है तो दर्शकों ये तो इस माह के प्रमुख आकर्षण अर्थात व्रत एवं त्यौहार इस माह में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या रहेगी आइए इस पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं तो सूर्य देव जैसा कि हमने आपको बताया कुंभ राशि में चल रहे हैं लेकिन 14 तारीख को ये मीन राशि में संचरण करेंगे 14 के 14 तक दोपहर तक सूर्य देव को बुद्ध का साथ मिलेगा क्योंकि बुद्धदेव भी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं वहीं शनिदेव ये स्वराशि अर्थात मकर राशि में आ गए हैं इनको मंगलदेव का साथ मिल जाएगा ये मिलेगा 22 तारीख को अर्थात मंगल देव जुपिटर केतु के साथ अभी धनु राशि में संचरण कर रहे हैं 22 तारीख को शनि मंगल का द्वंद्व योग यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है राहु देव जो चलाए मान रहेंगे दर्शकों ये मिथुन राशि में हैं और ऐश्वर्य के कारक ग्रह वीनस अर्थात शुक्र ये मेष राशि में चलायेमान रहेंगे चंद्रमा को मानक मान करके ये राशिफल तैयार किया गया तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी आपका ये राशिफल किस पर आधारित है तो आपकी जानकारी के लिए दे दें कि हमारा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतय तो हमारा शास्त्र में यही कहता है कि जन्म राशि की ही आप लोग प्रधानता दिया करिए तो लो कर अधिक अधिक करोड़ों लोगों की राशि है इस धरती में तो एग्जेक्ट आपके ऊपर बैठे यहां पर ऐसी कोई गारंटी नहीं हंड्रेड परसेंट सटीक बैठेगी आपको यदि आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये जानना है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर साथ ही साथ मुंबई में 28, 29, 30 तारीख को हमारा मुंबई प्रवास रहेगा तो जो लोग मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे पर्सनली मिल सकते हैं अपनी अपनी सीट आज ही आप लोग बुक करवा लीजिए कर्क राशि के जातकों मार्च का ये महीना कैसा रहेगा तो कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में काफी वृद्धि होगी मतलब धन लाभ होता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कार्य संपन्न करने के लिए किए गए प्रयत्नों में सफलता प्राप्ति से कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा इस माह आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है खास करके जो लोग कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा उनके व्यापार में दिन दुगना रात चौगना वृद्धि होगी आत्मविश्वास करके कर राष्ट्र के जातकों का इस माह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ जो अभी तक आपके अंदर एक हेजिटेशन थी जो अकारण आपके अंदर भय था उस अकारण भय का निवारण मार्च माह में होगा ही होगा इसमें तो कोई संशय ही नहीं है मार्च माह यदि आप किसी से बहुत ज्यादा जो है लगाव रखते हैं किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करके राशि के जातकों को मार्च माह में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आपके किसी प्रियजन से इस माह आपका संपर्क हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी इस माह आपको वरिष्ठों मित्रों तथा सहोदरों का सहयोग प्राप्त होगा फिर चाहे वो ऑफिस हो फिर चाहे वो घर हो फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो कार्य है आपके जो खर्चे अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो ये मान के चलिए कर्क राशि के जातकों की व्यय में कमी आएगी जो अभी तक आपका पैसा जा रहा था वो में उसमें कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है आपको इस माह सुखो जो है सुखो भोग के जो है साधनों में आपके वृद्धि होगी तथा लग्जीरियस चीजों में आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कर्क राशि के जातकों परिवारजनों विशेषकर जीवन साथी तथा संतान से आपको अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर को कोई क्रेडिट मिलेगा कोई जो है नौकरी रोजगार इत्यादि प्राप्त हो सकता है अगर आपका स्थानांतरण किसी दूसरी जगह हो गया हो और आप उसको नहीं चाहते हैं तो आप अपना स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर आप अपना निरस्त करवाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कर्क राशि के जातकों को ये माह तो बहुत कुछ लेकर के आया है एक आप लोगों को खुशखबरी दे दे कि विदेश यात्राओं का बहुत अच्छा संयोग ये माह बन रहा है शुक्र का जो गोचर रहेगा दर्शकों ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन माह के अंत में महिलाओं के साथ किसी बात पर कलय एवं कष्ट की स्थिति बन सकती है पारिवारिक समारोह उत्सव किसी जो है चीज को लेकर के कैंसिल हो सकते हैं निरस्त हो सकते हैं स्थगित हो सकते हैं आपको मंथ के एंड में कुछ लोन इत्यादि के लिए भी जो है आपको लेना पड़ सकता है कुछ समस्या इसमें आ सकती है लोन मिलने में मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशंस अर्थात नौकरी में तरक्की पाने के अनेक सुअवसर मिलेंगे यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी डील कोई आपको ऐसी डील मिलेगी पिक डील मिलेगी जिस जो आपके लिए बहुत हितकार रहे मार्च महीने में कर्क राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी धन बचत करने में कर्क राशि के जातक बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिवार वालों के साथ खूबसूरत यादों को खूबसूरत पलों को आप लोग जीते हुए दिखाई पड़ेंगे और आपके घर में कोई कार्यक्रम भी हो सकता है माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कर्क राशि के जातक थोड़े से चिंतित रहेंगे विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ मार्च के महीने में आपका जो प्रेम जीवन रहेगा ये सातवें आसमान पर रहेगा वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का साथ कदम कदम पर आपको मिलेगा आपको मोटिवेट करेंगे आप जब भी कभी निराशा में रहेंगे आपके अंदर वो जो है एक नव चेतना का संचार करेंगे सेहत के नजरिए से देखें तो इस माह में आपको कोई बहुत बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है अगर पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो कर्क राशि के जो जातक रहेंगे उसमें अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा साथ ही साथ आपके पक्ष में यदि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपके पक्ष में डिसीजन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोर्ट संबंधी मामलों में आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है तो दर्शकों ये ओवरऑल था अब बढ़ते हैं फटाफट उपाय की और आपका बहुत अधिक समय नहीं लेंगे लेकिन दर्शकों फिर हमने आपसे कहा कि करोड़ों लोगों की कर्क राशि है यदि आपके जीवन में वास्तविक रूप से क्या चल रहा है आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर एक बार संपर्क कर लीजिए और एक छोटा सा अमाउंट है उसके बाद हमसे आपकी बात हो जाएगी कोई प्रश्नों के जो है संख्या का निर्धारण नहीं कोई समय की सीमा नहीं है आप लोग दिल खोल करके बात करिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर करेंगे क्योंकि आपका जन्म समय जब हुआ होगा जन्म का स्थान अलग होगा और किस समय हुआ है किस स्थिति में हुआ है तो उसके आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है उस जन्म कुंडली के अनुसार फिर जो है उपाय आगे बताए जाते हैं ये उपाय सब लोग कर सकते हैं लेकिन स्पेशली आपके लिए क्या उपाय बना है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा उपाय नंबर एक आप लोग नोट करिए तो देखिए दर्शकों प्रतिदिन चंद्रशेखर अष्टकम का आपको जो है पाठ करना रहेगा साथ ही साथ दर्शकों आपको हर सोमवार को दूध में मिश्री डाल करके भगवान भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय मंत्र है इस मंत्र को से आपको जो है दुधारपड़ करना रहेगा इसके अलावा जो कर्क राशि के हमारे जातक हैं एक हम आप लोगों को मंत्र बता रहे हैं धन प्राप्ति के लिए मंत्र है और धन को रोकने का मंत्र है अश्वदाई गोदाई धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाश्चम में जी हाँ ऋग्वेद की ये रिचा है और श्री सूक्त का जो है ये एक जो है श्री सूक्त की एक ऋचा है यदि इस ऋचा को आप 108 बार प्रतिदिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर आपको लगाना रहेगा अः मार्च माह में अमावस्या तिथि के दिन आपको मीठा चावल गाय कुत्ते कौ को खिलाना रहेगा कर्क राशि के जो जातक हैं इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से हैं तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए दो तारीख पाँच तारीख छः तारीख नौ तारीख दस तारीख ग्यारह तारीख सोलह तारीख पच्चीस तारीख छब्बीस तारीख और 31 तारीख सर्वाधिक शुभ रहेंगे वहीं पर प्रतिकूल दिवस की बात करें तो एक तारीख तीन तारीख आठ तारीख बारह तारीख की शाम को चौदह तारीख अट्ठारह तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख अट्ठाईस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे वही भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए क्रीम कलर सबसे ज़्यादा लकी रहेगा साथ ही साथ व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वहीं आपके भाग्यशाली अंक की यदि हम बात करें तो अंक एक और अंक चार ये दो अंक ऐसे हैं जो तो आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे सबसे ज्यादा लकी रहेंगे इन अंकों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं इन रंगों का प्रयोग करके आप दैनिक जीवन में शुभता ला सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा कर्क राशि के जातकों का मार्च माह के राशिफल का ये वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल आपकी जरूरत है साथ ही साथ हर संडे को रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव होते हैं उन लाइव सेशन की खासियत ये रहेगी राशिफल के साथ साथ आप, आप लोगों के प्रश्नों को भी लेते हैं साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर YouTube पर आप लोग देख ही रहे हैं सब्सक्राइब और बेल दबा दीजिए साथ साथ ही Instagram पर और लाइव राशिफल में जुड़ करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे निशुल्क करवा सकते हैं मुंबई में मिलना आप लोग मत भूलिएगा दीजिए इजाजत जाते जाते आप सभी कर्क राशि के सम्मानित दर्शकों को हाथ जोड़कर के प्रणाम करते हैं जय हिंद